बन तुम라우ती अमर रहे बन तुम라우ती अमर रहे प्रिय नेता का आपके बीच में पहुंच चुके हैं मे सभी लोगों से मिले दो पैदा हुई छोटे सा काम गरीबी पूर्वक जिनने महंगा राज। श्याम जी आपके तो घरों का मनोर करते किताब का किताब का नामक घबार ले कविता कविता तो एक लिखी इसमें और उदय ने किताब लिखी है और इनका ये शोभाग्य था कि उदय तो यही करो को हासिल कर सकू जिनको चंद्रवती जी ने हासिल किया चंद्रावती जी की एक बहुत ही अद्भुत पर्सनालिटी थी एक अद्भुत थी थी थी। के के नहीं किया और अपने क्षेत्र का चाहे सामाजिक विकास हो आर्थिक विकास हो राजनीतिक विकास हो और शैक्षणिक तौर पर इस क्षेत्र को आगे ले जाने में पूरी तरह से कार्य किया और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह उदा जी का जिन्होंने हमेशा एक न केवल उनसे पारिवारिक रिश्ता एक समाज या राजनीतिक रिश्ता भी जो है एक भाई की तरह एक जो बहन का रिश्ता होता है उसको पूरी तरह से निभाने का कार्य किया है आज जहां उन जवाहरलाल नेहरू जी को याद कर रहे हैं साथ ही साथ में चौधरी रणवीर सिंह हिंडा जी का जिक्र बार बार आया है हमें लाजमी हो संविधान निर्माण में उनके स्वयं हुए जिन्होंने उसका योगदान दिया गरीब मजदूर अनुसूचित जाति किसानों की हाथों की लड़ाई को लड़ने का काम किसी ने किया चौधरी मातुराम जी ने किया सबसे ज्यादा आधुनिक हरियाणा के निर्माता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुडा जी ने किया है इनके राज में पूरा चहुमुखी विकास हुआ पूरा हरियाणा तरक्की के राह पर गया और उस हरियाणा ने पूरी तरक्की की हमारा हरियाणा भारत देश में चमकता सितारा था आज एक सरकार बैठी है जिन्होंने हरियाणा को पीछे ले जाने का काम किया है आज चौधरी भूपेंद्र सिंह उदाजी जब राज्य में थे तब भी सभी के लिए काम किया आज जब विपक्ष में हैं तब भी विपक्ष आपके समुद्र जाकर आप सबकी समस्याएं जानने का प्रयास करते हैं गरीब व्यक्ति की बेरोजगार युवा की व्यापारियों की कर्मचारियों की सभी की समस्याओं का किसानों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास पूरा करते हैं आपकी आवाज बनकर विधानसभा में मजबूती से आपकी लड़ाई चौधरी भूपेंद्र सिंह मुडा जी और सभी साथी लड़ते हैं और संसद पर हमारे भाई दूपेंद्र मुडाजी जो है अपनी लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं जो भाई महेंद्र दादी रणवीर दादी दादी की तो यहाँ इस हिसाब से यहाँ के लोगों को समय मिला है प्रेम मिला है और यहाँ चंद्रा जी का जो आशीर्वाद रहा है जब उन्होंने बहुत सारी विशेषताएं थी राजनीति में बहुत आते हैं, हैं। उनकी खास विशेषता कि वो बिल्कुल ईमानदार स्पष्टवादी इससे तो विशेषतामानदार वही कायम रखा वो मैंने अपने सब मठाया था जो तो छोटा तो सा बच्चा था मैंने अपने जीवन में चमराव दिल्ली के राजनीतिक तौर पे कई उतराव और भी देखे लेकिन कभी भी चाहे वो नहीं हुई नहीं हुई अब अपनी सोच कर मजबूती से करे और इस इलाके की बनकर हर जगह संघर्ष करती रही इसमें कोई दूर है। नहीं सर आप सबको मानू है मैं समझता हूं इस इलाके की सबसे जो मजबूती है सिंह जी और उसके बाद इलाके की सब मौका मिला मैंने भी प्रयास किया तो भी कर सका तो यहां पर चंद्रावती जी को दुराया नहीं जा सकता मैं बहुत खुशी है आप उनको याद रखो तो दिखाएंगे रास्ते पे चलो अभी बहुत सारे साथियों ने उनके बारे में बहुत सारी बातें कही तब बातें तो मेरे को भी बहुत याद है लेकिन उस, उसका यादव और सबसे संपर्क रहा है उनका जो यहां बैठे हैं मैं तो कई बार इस मकान में भी आया जब भी उन्हें बुलाया जब भी आदेश दिए मैं आया लेकिन जैसे मैंने कहा जो तो विशेषता थी कभी अपने स्वार्थ की बात उन्होंने की स्वार्थ की बात नहीं करी मैं उनको हर रूप में देखकर हूं आपके इलाके के लिए लड़ाई लड़ी और कोई तो अच्छा काम किया किसी ने भी उसकी प्रशंसा करी जैसा मैंने कहा भाई हम हमारा परिवार फिर से कांग्रेस में रहा मैं तुम राजनीतिक बात करता। नहीं करता कोई राजनीतिक मंच नहीं आज बहुत सारे साथी ऐसे भी दूसरी पार्टियों से भी होंगे अलग अलग सोच के होंगे लेकिन वो बात मैं यहां नहीं लेकिन चंद्रावती जी के बारे में कहूंगा ये हमारा तो परिवार कांग्रेस से रहा वो कांग्रेस में रहे, फिर दूसरी पार्टी में भी गई कांग्रेस में आए लेकिन बेशक कहीं अलग अलग पार्टियों में रहे लेकिन हमारे सम्बंध परिवार के इसी तरह बने रहे जैसे रहे तो राजनीति को कभी बीच में नहीं आने दिया राज के बीच में नहीं आने दिया और वही सम्मान नीचे में रहा और तो आप सबको तो भी यही बात तो आप लोग सरपंची का भी चुनाव लड़ते हो कोई तो मैंबरी का लड़ता है तो चुनाव का भी जीवन रखो लक्ष्य एक रखो अपने इलाके की प्रदेश के देश की चिंता रखो कोई तो अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा जो चंद्रावती जी ने जैसे मतलब महिला होकर गुरुकुल में उन्होंने रानी का भी किया और सोच से मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ आर्य समाज के परिवार में पैदा क्योंकि आर्य समाज का सबसे बड़ा योगदान है तो शिक्षा में महत्व पास्थित जो खासतौर पर आर्य समाज में सबसे पहले ये है उठाई कि महिलाएं शिक्षित होनी चाहिए बहन देती है हमारी शिक्षा होनी चाहिए एक बेटा पढ़ता है तो एक घर में शिक्षा जाती है बेटी पढ़ती है तो दो जगह जाती है अपने घर में भी या में आगे जाती है वहां भी तो इस बात को समझना चाहिए ये सोच के भगतपूर सिंह ने गुरुकुल खोला खानपुर में आज शनिपुर दिल्ली में है खानपुर एक गांव है वहां गुरुकुल खुला और कुल पांच महिला पांच बेटियां थी उस टाइम विद्यार्थी थोड़ा बड़ा हुआ लेकिन मेरे तो मौका मिला तो उसको महिला विश्वविद्यालय बनाया मैंने और देश का पहला ऐसा है सरकारी क्षेत्र में जहां मेडिकल कॉलेज सिर्फ महिलाओं के लिए खानपुर में तो, तो ये आप सबको तो भी ये सोचना चाहिए आपकी बहन बेटियों को आप पढ़ाओगे आगे बढ़ाओगे तो कोई ना कोई उनमें से चल रहा उठी बनेंगे और भी आगे तरक्की करेंगे अपने इलाके का परिवार का नाम रोशन करेंगी ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि जो तो है आज यहाँ मेरे को जो तो आने का मौका मिला और शजारति जी के मूर्ति का अनाव किया मैं अपने आप में गर्व महसूस करता हूँ और उनसे सदा व प्रेरणा की सोच हमारे लिए बनी जाएंगी और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम मजबूती से चलते रहें एक ईमानदारी से राजनीति करते रहे राजनीति हो कोई भी हो कर्मचारी हो ईमानदारी से करोगे तो, तो देखो नाम आएगा ना, ना, नाम डूब जाता है तो, जाता, दो दिन में, दिन में। तो उनका नाम आज विश्वास से है कोई शक्ति ईमानदार नेता थी हो और स्वार्थ ही थी स्वार्थ का काम नहीं था वो अपने विकास की बात करती थी इलाके की जाती थी तो आज सभी हिंदू समस्या यही है कि सब हम इसी प्रकार से अपनी बहन बहनों को भी शिक्षा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो जन्मदिवस मना रहे हैं और उसी दिन आज जो है चंद्र जी की का अनावरण का मिले को मौका मिला क्योंकि आज एक साल हो जाए उनको हमारे उनको जो पुण्यतिथि है इस अवसर पर जो पे जो आयोजक हैं उन्होंने मेरे को कहा भाई नाम जी के प्रति मंगाना और आपसे ही कि हमारा उनका सम्मान करा और वो एक बहुत सम्मानीय हमारी नेता रहीं वरिष्ठ नेता रही हैं उन्नीस सौ में वो विधायक बनी थी कक्ष में मैं तो छोटा सा बच्चा था उनके मोदी खेला हुआ हूँ लेकिन उन्होंने एक जो है राजनीति में जो चरित्र होना चाहिए उसके एक प्रतीक बन के रही ईमानदारी से उन्होंने काम किया इलाके की सेवा की और इस इलाके के ही नहीं पूरे गरीब आदमी की किसान की आवाज़ बनकर चाहे वो सांसद हो चाहे सदन हो चाहे विधानसभा हो वहाँ पूरी तरह आवाज़ उठा सोलह नवम्बर को विधायक की बैठक बुला रही है तो तो क्या मुद्दे मिलते मुद्दे अब आने वाला आगामी को सेशन होगा उसमें अपने विधायकों से पूछेंगे तो क्या क्या समस्या जैसे हम कर रहे हैं कांग्रेस का कार्यक्रम कार्यकर्ता समक्ष अब 18 तारीख को जींद में है दस बजे पहले हम करनाल में करके आए इस तरह से हम मेरे विधायक साहब की भाषण लेते हैं लोगों की बात होती ताकि आने वाले आगामी जो विधानसभा का सेशन उसमें उनकी आवाज़ ट्रास जो आप बता रहे थे कि आप हाँ आपने सुना ऐसी प्रति एक खाद का लेने के लिए हमारी बहन बेटी वो लाइन में लगा रहना पड़ता है बड़ी दिक्कत की बात है किसान जो है बिल्कुल बर्बाद ही पे पर पहुँच गया है गरीब आदमी का जीवन दुर्लभ हो गया है इतनी महंगाई बढ़ गई है रसोई तो का खर्चा इतना बढ़ गया है व्यापारी परेशान है कर्मचारी परेशान आज कोई भी स्र... मौजूदा बीजेपी जे जेपी जे सरकार से संतुष्ट नहीं है चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण हो व्यापारी हो कर्मचारी हो आप किसान हो मजदूर हो कोई भी एक मैंने बार बार कहा आप समय आ गया है इससे वार्तालाप करके केंद्र से वार्तालाप करें देखो को कोई भी समस्या हो प्रजातंत्र में विचारों का आदान प्रदान और फिर समाधान यही तरीका है तो तुरंत वार्तालाप शुरू करके उनका सम्मान पूर्वक समाधान निकालना चाहिए सरकार के नेता कांग्रेस तो के कार्यकर्ता बैठे हैं किसान आंदोलन में वो तो अपनी जिम्मेवारी से बचने नहीं कह रहे हैं कोई भी राजनीतिक कांग्रेस नहीं कोई भी राजनीतिक दल उनका नेतृत्व तो नहीं कर रहा है तो किसान कर रहे हैं हाँ ये है उनकी जो तो मांग है उसका समर्थन है समर्थन कर रहे हैं क्योंकि तो जो तो ये तीन कानून है वो किसान के हित के नहीं है उसमें जब तो मैंने कहा वार्तालाप करके इसका समाधान निकाल बट बताएंगे बहुत सारे मुद्दे हैं ये प्रदेश जो 2014 में जो प्रति व्यक्ति आए प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर एक का प्रदेश था आज वो नंबर एक किसी में हो बेरोजगारी अपराध में तो इस किस्म के है तो हर व्यक्ति जैसे मैंने कहा कोई वर्ग सरकार से संतोष्ट नहीं है परेशान है किसान के मुद्दे हैं गरीब आदमी के मुद्दे हैं कर्मचारी के मुद्दे हैं अब नए नए कानून बनाते हैं सब बहुत सारे मुद्दे हैं पराली को लेकर जिस तरह सरकार है पराली को लेकर मैं बार बार कह चुका हूँ पराली का जो है ये सरकार को सुनवाई लेना चाहिए वैसे तो केवल ये कहे पर्यावरण पे जो है पराली से हाँ भाई ये तो गलत बात है और बहुत सारे फैक्टर हैं लेकिन ये भी एक फैक्टर है कुछ प्रतिशत तो इसका प्रणाली का सवाल है किसानी की मजबूरी हो जाती है या तो सरकार ऐसा बनाए उसको खरीद करे एमएसपी एस लगाए और उसको खरीद कर उसका सदुउउपयोग करे कहीं बिजली पैदा करे या और बहुत काम आ सकता है उसको कांग्रेस नहीं कानून ये नहीं रहेंगे कानून देखो बेसिक ये है मैं उसका वर्किंग ग्रुप का अध्यक्ष था एम अनिवार्य है सी फार्मूले पर उसके बगैर किसान की प्रगति नहीं होम एस पी बनाए एम को मेरे को इस बात का कोई इतराज नहीं है कि मैं ए की मनोपली नहीं चाहता हूँ कोई एम से अगर बाहर कोई मंडी बनती है हमारे हरियाणा पंजाब में तो हर 10 किलोमीटर मंडी है लेकिन यहाँ देश में ऐसे प्रदेश है जहाँ 150-150 किलोमीटर पर है तो किसान 150 किलोमीटर ले जाएगा लॉजिस्टिक वॉलिस्ट नहीं बढ़ जाती है तो कोई प्राइवेट मंडी खोलता है मेरे को इतना नहीं लेकिन साथ के साथ उसमें ये लागू होना चाहिए कोई एमएसपी से कम खरीदता है तो उसमें सजा का प्रावधान होना चाहिए मेरे को थोड़े को कहेंगे कि ये पी कमी नहीं है